कैसे हो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ 22 टू बाई ट्वेंटी का हाउस प्लान वास्तु के हिसाब से एक साउथ फेस का हाउस प्लान है यहाँ पे तो दोस्तों पहले जो मुझे लेना है 22 टू इंटू ट्वेंटी सेवन प्लॉट साइज का एक मेज़रमेंट उसके बाद से ओके okay, उसके बाद से वॉल का मेज़रमेंट और उसके बाद से हमको लेना है इसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में ये हाउस प्लान है तो अपना ये हाउस प्लान साउथ फ़ेस में है 22 फीट इधर रखेंगे ठीक है इधर 27 फीट रखेंगे और इसका डायरेक्शन देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो चलिए आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कितना बेडरूम आएगा कितना ड्राइंग बाथरूम किचन जो भी आएगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा ये पूरा प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से बनाया है तो देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा तो आगे देखिए अब यहाँ पे मैं इसका बाथरूम का और स्टेयर का प्रोविज़न रखूँगा यहाँ पे भले ही प्लॉट साइज छोटा है लेकिन हाउस प्लान बहुत ही बेहतरीन होगा प्राइस आपके लिए अब आप यहाँ पे देखो इसका इस्टेयर रखूँगा इस्टेयर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस्टेयर का राइजर आपको हमेशा रखना है पाइपीज क्योंकि तो आपके घर में बुज़ुर्ग व्यक्ति भी होंगे और बुज़ुर्ग व्यक्ति के चढ़ने में थोड़ा घुटनों में दिक्कत होती है इसलिए राइजर पाई पींच का रहेगा तो बेस्ट है आपके बच्चों के लिए भी और बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए भी अब हमारा प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है अब मैं इसको आपको कलर करके अच्छे से इसका वेंटिलेशन विंडो आपके साथ शेयर करूंगा तो चलिए मैं कलर करता हूं इसको इसमें वेंटिलेशन विंडोज़ ऑप्शनल है गाइस आप चाहें तो अपने हिसाब से या आपने किसी मिस्त्री के हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि मिस्त्रियों को बहुत सारा नॉलेज होता है इस इस फील्ड में आप चाहें तो विंडो ऐसे भी रख सकते हैं ये भी अच्छा ही है लेकिन डिपेंड करता है आप पे आपका विंडो का जो साइज रहेगा फोर फोर फीट बाय फाइव फीट का रहेगा तो चलिए अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ ये हो गया अपना मेन गेट जहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अपने हाउस में साउथ फेस का हाउस प्लान है ये अपना मेन गेट मेन गेट से एंट्री करेंगे यहाँ से स्टेयर आप फोर फीट फाइव इंच का गेप रखा है मैंने यहाँ पे उसके बाद से अपना किचन बेहतरीन किचन है सेवन फिट सिक्स इंच बाय सिक्स फिट में उसके बाद से अपना बात कम लाइट रिंग जिसका साइज मैंने रखा है सिक्स फिट बाई फाइव फिट का उसके बाद से देखते हैं अपना जिसका साइज़ मैंने रखा है सिक्स फीट बाई थ्री फीट एलेवन इंच उसके बाद से अपना ये डाइनिंग कम ड्राइंग बेहतरीन डाइनिंग कम ड्राइंग इतने में आपका अच्छे से हो जाएगा जिसका साइज मैंने रखा है फोर्टीन फीट नाइन इंच बाय नाइन फीट फोर इंच का आपका बेहतरीन डाइनिंग कम ड्राइंग होगा उसके बाद से अपना बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है टेन फीट टू इंच बाय टेन फीट का उसके बाद से अपना सेकेंड बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है टेन फिट सेवन इंच बाय टेन फीट का उसके बाद से देख लीजिए ये मैंने डोर रखा है इसका ये किचन का डोर वाश बेडरूम एंड विंडोज बेडरूम का विंडो हो गया ये बाथरूम वा, का वाश का ये स्टेयर के पास सो so, ये ऑप्शनल है गाइड आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं और कॉलम का पोजिशन देख लीजिए इसमें फोर्टीन कॉलम्स आएंगे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगे और लाखों रुपये बचाएँगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ तब तक के आई लव यू ऑल इसमें आपका बिल्डिंग को टाइगन लैक्स एंड कॉलम्स आपको फोर्टीन रखते हैं तीन एम mm का सरिया डालना है चार और कॉलम का साइज रहेगा टेन इंटू ट्वेल्व इंच का सो लव यू और सी विम एन अदर वीडियो